हेलो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे कि आप फ्री में पैसे भी कमा सकते हैं और फ्री फायर के आप डायमंड भी कमा सकते हैं चलिए मैं ले चलता हूं आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह है रूटर ऐप इसमें पैसे और डायमंड पहले अपन को काइन्स कमाना पड़ेंगे जब जाके अपन को पैसे और डायमंड फ्री में मिलेंगे कॉइन्स कमाने के लिए अपन को कुछ नहीं करना बस इस पे जाइए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली के टास्क रहते हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे को 25 मिनट वीडियो देखना है लाइव वीडियो चलती हैं इस पर गेमिंग की बहुत सारी लाइव वीडियो चलती रहती हैं आप कोई सी भी देख सकते हैं फ़्री फायर या पबजी या लूडो कोई सा भी देख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपन को पांच वीडियो को लाइक करना है तो आपको दस काइन्स मिल जाएंगे 25 मिनट अगर आप वीडियो तो तो तो को देखते तो तो तो तो हैं तो आपको पचास काइन्स मिल जाएंगे आप दो फ़ोटो अपलोड करते हैं तो दस काइन्स मिल जाएंगे और आप पचास शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपको पैंतीस काइंस मिल जाएंगे और यहाँ पर आप ये ये एक हफ़्ते में एक बार आते हैं ये टास्क 120 सौ कमाने के ये 90 मिनट आपको देखना पड़ता है उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप 10 लोगों को फ़ोटो या वीडियो शेयर करें तो आपको 25 काइन्स मिल जाएंगे और आप अगर 90 मिनट के लिए अगर लाइव आडियो करते हैं तो आपको 40 काइन्स मिल जाएंगे और अगर आप एक दोस्त को आमंत्रित करते हैं तो आपको 200 सौ मिल देते हैं और अगर आप एक हफ्ते में 10 मित्रों को अगर आमंत्रित कर देते हैं तो आपको 2000 के साथ 50 काइंस बिल्कुल फ्री मिलेंगे जी आप अगर डेली सात दिन इसमें लॉन्ग आउट करते हैं तो आपको ये दो सौ मिल जाएंगे आपको डेली सात दिन लॉन्ग आउट करना है बस आप देख सकते हैं कि यहाँ से अपन अपना पूरा डाटा देख सकते हैं आपने कितना पैसा कब और कहाँ से कमाया देख सकते हैं ये मेरा पूरा डाटा दिख रहा है ये जितने मैंने कोइंस कमाए सारे के सारे दिख रहे हैं और ये कमाई के दिख रहे हैं ये हमारे कोइंस कमाए है हुए हैं यहाँ पर जाके देख सकते हैं मैंने कितने खर्च किए एक बार मैंने तीन हज़ार खर्च कर दिए और एक बार पाँच इन सबसे भी ज़्यादा कोइंस कमाने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इधर से कोईंस कम जाते हैं ये खास ऑफर चलते हैं इनमें कुछ नहीं अपन को बस एक ऐप डाउनलोड करना है जोन जोन से ये ऐप बता रहे हैं इनको डाउनलोड करना है और इनकी पूरी आईडी सही तरीके बनना बनाना है जैसे कि अपन पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अपन को एक ऐप पर छः सौ कोइंस जैसा ऐप है वैसे वो कोइंस देता है और कोई कोई से ऐप में आप उनको पैसे डालना पड़ेंगे फिर मिलेगा पूरा कोइंस कोइंस कमाना तो इसी के लिए अब पैसे कैसे कमाएंगे ये देखते हैं कूपन पर रेड रेडीम कोड करना पड़ता है इनको रेडीम करना करना पड़ता है पे में तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीन हज़ार काइंस करने पर पच्चीस रुपये का रेडीम कर सकते हैं और पाँच हज़ार काइंस करने पर आप पचास रुपये का रेडीम कर सकते हैं और दस हज़ार करने पर सौ का रेडीम कर सकते हैं ये ऐसे ही ऑफर मुल रहते हैं और अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो आप गेमिंग के लिए फ्री फायर के डायमंड भी ले सकते हैं आप और अगर 50,000 हज़ार कर ले तो आपको बिल्कुल फ्री डीजे आलोक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री देखिए मैंने भी दो कूपन को रिडीम कर लिया है एक बार मैंने 3,000 हज़ार कोइंस रिडीम कर लिए और एक बार 5,000 हज़ार कोइंस मेरे को पचास रुपये भी मिल गए और पच्चीस रुपये भी मिल गए अगर आप भी अगर फ्री में बिल्कुल फ्री फायर के डायमेंड लेना चाहते हैं फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप वहां से जा कर डाउनलोड कर लें चलिए तो मैं आपको बिल्कुल लाइव रिडीम करके दिखाता हूं मेरे पास ग्यारह हजार छब्बीस कोइंस हैं इसलिए मैं दस हज़ार कॉइन्स वाला रिडीम कर रहा हूं यह अपने मोबाइल नंबर पे टी में जाएगा पैसा इसलिए उसी नंबर से आप आईडी बना जिससे आपका पे नंबर की आईडी बनी हो पे की आईडी बनी हो तो ये आपको कुछ नहीं करना रिडीम करना है ये सात दिनों के पहले पहले आपने पे में ये पैसे जमा कर दिए जाते हैं आप सिर्फ़ एक महीने में एक ही बार रिडीम कर सकते हैं चलिए मैं आपको पेटीएम में जाके दिखा देता हूँ कि मेरे को पैसा मिला या नहीं ये अपन ने टी खोला और देख सकते हैं आप ये मेरे को ये रूटर ऐप से मेरे को पचास रुपये मिला कैशबैक रीटर तो नीचे देखते हैं तो ये पच्चीस रुपये मिला रूटर ऐप से ही बिल्कुल अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर दें क्योंकि हमारे जब भी न्यू न्यू वीडियो आएँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो जय हिंद जय जे भारत